पता की दो में तेरी ही बात है फूलों कैसे तुझे तू तो ख्यालों में साझ है खराली में भी तेरा ख्याल आने तू बिछ